सो फाइनली गाइस हमारा आ चुका है राइट कंपनी की तरफ से डब्ल्यू 800 बी एम कंडेंसर माइक्रोफोन आज हम इसकी फुल अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कैसा आउटपुट दे रहा है हमें मिल जाते हैं दो बॉक्स जिनमें है एक कंडेंसर माइक एंड दूसरा उसका इस्टैंड पहले माइक में हमें मिलता है सबसे पहले एक कि ये किताब वग़ैरह क्या है जो कुछ भी इसको साइड में रखते हैं और हमें मिल जाता है विंडो स्क्रीन के जो कुछ इस तरह का दिखता है आप देख सकते हैं और ये एक शॉक माउंट इसको रखते हैं साइड में और ये एक्सलार केबल जो इसके साथ मिलती है ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है और आप इसे देख सकते हैं यह फीमेल जैक दिया हुआ है जिसे आप पावर सप्लाई में लगा सकते हैं और थ्री पॉइंट जैक बोलते हैं इसको थ्री पॉइंट जैक जिसमें एक तरफ माइक रिकॉर्डिंग होता है और दूसरी तरफ आप स्पीकर हेडफोन कुछ भी लगा सकते हैं और स्पीकर और हमें मिल जाता है एक ये माइक्रोफोन राइट कंपनी का और ये आप जिस साइड ये लिखा हुआ है डब्लू आर उस साइड से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बाकी और कहीं से रिकॉर्ड नहीं करेगा और हमें मिल जाता है ये दूसरा बॉक्स जिसके अंदर है आप देख देख लो खुद ही आप सबसे तो पहले हमें मिल जाता है एक ये टेबल माउंट बोलते हैं इसको टेबल में लगाने का टेबल में लगेगा इसके ऊपर लगेगा स्टैंड और ये हमें क्या मिलता है आगे देखते हैं और ये हमें मिलता है ये हाथ में पकड़ने वाला एक और माइक आता है उसके लिए ये हमारे कोई काम करनी है अभी फिलहाल इसको रखते साइड में और अब हमें मिल चुका है एक स्टैंड जिसमें लगेगा हमारा माइक माइक्रोफोन ये कुछ इस तरह के दिखता है आप देख सकते हैं कुछ ऐसी पैकिंग है इसकी ये फोल्ड होता है यहाँ से वहाँ का, काफी अच्छी क्वालिटी का है ये राइट कंपनी का सब कुछ दे रही है बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये आप देख सकते हैं इसको ये हो गया फोल्ड हमारा राइट राइट वी आर डब्ल्यू आर फिर लगे हुए हैं इसमें ये नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर वाला है को भी साइड में रखते फिलहाल ये रहा हमारा पॉप फिल्टर जो किसी के साथ दिया हुआ है नहीं तो इसका एक अलग से एक बॉक्स आता है ये शायद में दे दिया इन्होंने ये भी काफ़ी अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो और ये आपकी जो चप चप ऐसी आवाज़ आती है ना ये गाने में नहीं जाने देगा ऐसी आवाज़ को रोकता है ये, ये काम करता है इसका काम ही है ये फोल्ड भी अच्छे से हो रहा है ये रहा हमारा माइक्रोफोन इसको रखते साइड में तैयारी करते अपने स्टैंड की ये देख सकते हैं गाइस ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया है इसको और इसके ऊपर भी हम लगाने वाले हैं अपना माइक्रोफोन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लगा हुआ है यहाँ पे यहाँ पे लगेगा हमारा माइक तो माइक को भी लाता है जल्दी से ये आ चुका है हमारा माइक माइक भी लग चुका है इसमें एंड पॉप फिल्टर भी लग चुका है वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने ऐसे किया है मैं आपको इसकी वॉइस भी सुनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द एक्सल केबल भी लगा हुआ है इसमें नीचे की साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है ये लगने के बाद में और यहाँ पे रखे हमारे हेडफोन वगैरह मोबाइल इसमें हम देखेंगे ये काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है आप इसे चेक भी कर सकते हैं ऐसी उंगली करके इसमें है ना ऐसे उंगली कीजिए हाँ ऐसे इसके बाद आप अपने मोबाइल में चेक कीजिए ऊपर नीचे हो रही है ये लाइन तो आपको समझिए ये काम कर रहा है हाँ इसमें दिख रहा है ये काम कर रहा है और इसके बाद अब आपको इसकी बॉयस सुनाने वाला हूँ मैं तैयार हो जाइए गाइस ये मेरी बॉय ये मोबाइल के थ्रू आ रही है अभी मेरी सो है गाइस ये बॉइस आ रही है मेरी डब्ल्यू आर राइट वी एम एट हंड्रेड माइक्रोफोन के थ्रू और ये बिना फैंटम पावर सप्लाई के है और ये जब इसमें फैटम पावर सप्लाई लगेगा तो ये इसकी बॉइस को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देगा बहुत मतलब काफ़ी अच्छी कर देगा अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी रहेगी फेंटम पावर सप्लाई के साथ और अब ये मेरी बॉइस आ रही है बिना विंडो स्क्रीन कैप के थ्रू पहले इसमें विंडो स्क्रीन कैप लगा कर रखा था मैंने अब निकाल दिया है और अब भी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं कैसे आ रही है और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है तो थैंक यू सो मच गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सो बाइस थैंक यू गाइस